तो हेलो गश कैसे हैं आप लोग तो हेलो कैसे हैं आप लोग तो आज मैं आप लोगों के सामने नया वीडियो लेकर चुका हूँ जो कि मेरा पुराना चैनल बंद हो चुका था इसलिए मैं नया चैनल शुरू करने जा रहा हूँ चैनल का नाम है एस एस शॉर्ट वन के तो इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए और मेरे को और आशीर्वाद दीजिए जो मैं और आगे बढ़ चु बार तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड बेलाइकन लगाना मर्द बोलना तो मैं हर सुबह के सात से बजे के बीच एक शॉर्ट वीडियो डालता डालते रहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तो चलो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत बंदे माता राम